उसे सताने का बस एक यही तरीका है उसे सताने का बस एक यही तरीका है उसे सताने का बस एक यही तरीका है कि उसके दिल में रहूं और समझ में आऊं।